कच्चा एलुमिनियम को किस नाम से जाना जाता है तो पायराइट इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक है मेला नीन इसका राइट आंसर होगा रोग नियासीन पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है रोग नियासीन के कमी के कारण होता है नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लू विषाणु द्वारा होने वाला रोग है फ्लू विषाणु द्वारा होने वाला रोग है आतिशबाजी में लाल रंग एक्स्ट्राशियम के कारण होता है आतिशबाजी में लाल रंग एक्स्ट्राशियम के कारण होता है प्रतिध्वनि का कारण ध्वनि में प्रावर्तन है ध्वनि का प्रावर्तन है डाढ़ी मोछों का निकलना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के से संबंधित है विश्व बंद दिवस इक्कीस मार्च को मनाया जाता है शुद्ध जल का क्वनाक फेरन हाइट स्केल परेरनहाइट होगा समुद्री जल समुद्री जल में नमक समुद्री जल से नमक वाष्पीकरण विधि द्वारा तैयार किया जाता है क्वेश्चन नंबर ग्यारह मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है लकवा रोग विटामिन बी सेवन की कमी के कारण होता है माइका विद्युत का, का कुचालक होता है क्वेश्चन नंबर ऊंचाई वाली जगहों पर पानी एक सौ डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दाव कम होने के कारण जल का उबलने की बिंदु नीचे आ जाता है तेल दीप में बत्ती तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण कोशिकित कोशिकतु क्रिया होता है शुगर बेबी तरबूज की एक प्रजाति का नाम है सबसे भारी धातु ओसी ओसीमियम है सबसे भारी धातु ओसीमियम है वर्षा की बूंद गोलाकार होने का कारण पिष्ट तनाव है कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण माइक्रोकॉन्ट्रिया द्वारा किया जाता है सिक्रेट में सिक्रेट लाइटर में ब्यूटेन गैस पाया जाता है हृदय की गति का जांच कार्डियोग्राम द्वारा यंत्र द्वारा किया जाता है सबसे भारी धातु, सबसे भारी भारी धातु रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से सीसा में परिवर्तित होता है मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग शेरी ब्रह्म है नेक्स्ट क्वेश्चन नीलिस सॉरी नीली स्याही बनाने में फेरन सल्फेर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है रबर के संश्लेषण में आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है सोने का आभूषण बनाते समय तांबा मिला दिया जाता है अस्थायी न्यूट्रॉन होता है लिम्फोसाइट रोगाणुओं से रक्षा करती है लिम्फोसाइट रोगाणुओं से रक्षा करती है चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ तरंग उत्पन्न करते हैं। किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम जोसेफ मौर्य ने किया था इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीजन कहलाती है प्याज लहसुन में गंध पोटेशियम के कारण आती है सूर्य की किरणें का इंफ्रारेड किरण किरण भाग सोलर कुकर को गर्म करता है अस्थि में ओसीन प्रोटीन पाया जाता है कुकिंग गैस ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है सत्... मानव शरीर को 15 ग्राम निकोटीन अम्ल प्रतिदिन आवश्यकता होती है मांस एवं अंडा दूध मांस अंडा एवं दूध प्रोटीन का मुख्य स्रोत है रक्त कब्र रक्त का कब्रगाह कहा जाता है पलीहा को पलीहा को नेक्स्ट क्वेश्चन पनीर जेल का एक उदाहरण है बर्फ़ के टुकड़े को आपस में दबाने पर चिपक जाता है क्योंकि दाब हो दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है परमाणु द्रव्यमान को एम में व्यक्त किया जाता है लार में पाए जाने वाला टाइलिन एंजाइम जो एस्टोर्च को ग्लूकोच में परिवर्तित करता है गाय के दूध में कैरोटीन के, के कारण लि पीलापन रहता है ढालवा लोहा में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है ओजोन गैस की चांदी की सतह को काला कर देता है गोबर के गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार सीबी देसाई ने किया था बसा कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलनशील होती है एच सर्वाधिक नष्ट करता है टिकोशिकाओं को कैल्शियम खनिज लवण शरीर में बहुत बहुत मात्रा में पाया जाता है पेट्रोलियम प्रोपेन एवं ब्यूटेन का जटिल मिश्रण होता है यूरिया में सैतालीस प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है पेट्रोल में भी सैला मिश्रित पदार्थ टेट्राएथिल लेड है कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम पर होता है सोना सदैव धा सोना धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है पास से आती रेलगाड़ी की आवृत्ति बढ़ जाती सिटी पास से आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ जाती है इसका कारण डॉपलर प्रभाव होता है परमाणु की भट्ठी में यूरिया ईंधन प्रयुक्त होता है सॉरी परमाणु की भट्टी में यूरेनियम ईंधन प्रयुक्त होता है बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट पहलक का प्रयोग किया जाता है डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसन पाया जाता है